अब तुमसे लोहनिया कुछ साइड वाइड ना होने की हमारे साथ बैठना बंद कर दो तू दो दिन बस दो दिन का टाइम दे एक एक सेटिंग होगी दोनों पे चल बे चल पुरखे का नाद कुर्ते का नाद देना कुर्ता बहुत पसंद है लोनियों